Finally, पांच साल के के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फाइनलींतजारत हजारे चलते अब इसे दुबई में करवाया जा रहा है अब चूंकि ये दुबई में हो रहा है इस वजह से करोड़ों इंडियन फैंस स्टेडियम में जाकर टीम इंडिया को चेयर नहीं कर पाएंगे और इस वजह से इन करोड़ों इंडियन फैंस की आवाजें स्टेडियम में नहीं गूंज पाएंगी इसी वजह से टीम इंडिया की नई जर्सी पर इन करोड़ों इंडियन फैंस की साउंड साउंड वेव वेव को डिजाइन किया गया है। ये वेव दर्शाती है, 135 करोड़ भारतियों की गूंजती आवाज और उनकी दुआओं को। यानी कि यह जर्सी डेडिकेटेड है एक एक भारतीय फैन को गाइस आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलता है